एक सच्चा दोस्त आपके खिलाफ बात कर सकता है लेकिन आपको मुसीबत में अकेला नहीं छोड़ सकता नीचे टैग करो आपके ऐसे दोस्तों को